नमस्कार सभी किसान साथियों को आपके चैनल एडवांस किसान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको नींबू के पौधे की कटिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ यह हमारा पौधा है जो हमने आज से लगभग ढाई महीने पहले इस पौधे को लगाया था और आज इसकी ये प्रोग्रेस है तो आज मैं इसकी एक हल्की सी कटिंग करने वाला हूँ जितनी भी नीचे की शूट्स वगैरह हैं इनको मैं उठाऊँगा और इसके लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो एक ये स्केटर है मेरा जो कि मैं जे का स्केटर में यूज़ करता हूँ बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ये टूल है आपका और कटाई के दौरान आपको सबसे मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो भी जिस भी आपको अठानी है जिस शाखा को उसे फोर्टी मतलब पैंतालीस डिग्री के एंगल पर काटना अत्यंत आवश्यक है अब कटाई क्यों आवश्यक है कटाई आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो इसका जो स्टेम इस है इसको हमें क्या करना है मजबूत करना है जो इसका तना है उसको हमें क्या करना है मजबूत करना है और हमें पौधे को क्या करना है अभी और भी ऊंचा लेकर जाना है इसके लिए हम इसका एक सहारा भी हम प्रोवाइड करवाएँगे कर ये कि मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं एक नीम की लकड़ी का सहारा लेता हूँ क्योंकि इसके आपको औषधिय फ़ायदे भी हैं एक तो जो नीम का जो ये मैं ये ले रहा हूँ साका इसपे एक तो क्या है मुझे दिमाग जैसी ही ट्रमाइट की कोई समस्या नहीं मिलेगी ठीक है ना तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करूँगा और इसे सहारा दूँगा ताकि ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे अब कटिंग का उद्देश्य क्या होता है कटिंग का उद्देश्य ये होता है कि पौधे को आपको क्या करना है जल्दी से जल्दी ऊँचा लेके जाना है इसकी एक कैनोपी बनाना है ठीक है जब तक एक पौधे की अच्छी कैनोपी नहीं बनेगी जब तक उससे प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं निकल पाएगा ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है इस टूल्स का यूज़ करना है तो टूल्स का यूज़ करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि एक तो आपको क्या करना है हमेशा देखो किस तरह से आपको करना है ये इस तरह से आपको करना है ये देखिए ये देखिए आराम से मैंने ईजी वे के अंदर इसको मैंने अठा दिया है तो पैंतालीस डिग्री पर काटिए थोड़ा सा प्रेस करना है और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छी कैनो बनकर इसकी तैयार हो जाएगी इस तरह से देखो ये 45 के एंगल पे कटा है और देख लीजिए इस तरह से आपको क्या करना है इनको अठा देना है तो ये पौधे के लिए क्या होती है बहुत ही अच्छी चीज़ होती है तो आपको इस तरह से अठा देना है इन अतिरिक्त सूट को जितने भी शाखाएं हैं इनको आपको एक्स्ट्रा शाखाओं को आपको उठाना है और इसके बाद में एक सीओसी ओ सी का स्पर इस इसके क्या कर देना है छिड़काव अवश्य आपको करना होगा तो धन्यवाद किसान साथियों आगे नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कि एप्पल वेर के अंदर कटिंग पहली कटिंग है इन पौधों की पहली कटिंग कैसे की जाती है धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे हम ही आने वाले वीडियोस के सूचना आपको मिल सके धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद जय जै भारत जय किसान